हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चैनल में आज हम बताने जा रहे हैं कि फ़ोन को अपडेट कैसे करें किसी भी फ़ोन को अपडेट करने के लिए हमें सेटिंग में जाना पड़ेगा उसके बाद हमें अबाउट डिवाइस और डाउनलोड अपडेट मैनुअली इसमें चेक हो जाएगा सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए अगर आपका फ़ोन पहले से अपडेट है या स्लो हो रहा है और देखो द लेटेस्ट अपडेट तो है वो ऑलरेडी बिन इंस्टॉल तो इस प्रकार इसमें पहले से ही लेटेस्ट अपडेट है अगर आपके फ़ोन में बहुत ही स्लो चल रहा है या कोई ऐप जैसे व्हाट्सअप यूट्यूब नहीं चल पा रही हैं तो आप सोपियर अपडेट करके अपने फ़ोन को फास्ट कर सकते हैं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें धन्यवाद